गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर चैनल तो सुबह के साढ़ दस और मैं जा रहा हूँ हम लोग कम मतलब मकान का काम शुरू कर तो तीन दिन हो गए आज और मैं जा रहा हूँ वहीं और मेरे से चल रहा है राज तो लिया बॉटल पानी की और चल रहे वही काम बहुत लगा है तो देखते हैं क्या क्या हुआ है अभी और कुछ प्लेयर वगैरह कल खड़े हुए चलते हैं अपना वही है ना राजन तो बाइक से चलेंगे अपनी बाइक तो खड़ी मीट पत्थर और उस तरफ पड़ी है रेता और वहां बन रहा है मसाल अपना राशि पड़ा तो ले है तो लेते हैं अपन भी है आज पता नहीं आज कितने फिट का है तू तो तीन फिट का है और ये देख पिलर खड़ा हो गया अपना चल स्विमिंग पूल देखते हैं चल रहे तो सामने अपना काम चल रहा है वहाँ पर और मैं कर रहा हूँ यहाँ आराम से बैठूँ नीचे और मैं रेस्ट बाकी तो वहाँ काम लगा हुआ है तो करते हैं थोड़ा रेस्ट और फिर मिलते हैं आपसे तो नहीं है मतलब तो कि अपना आए हैं काम करके और अभी बैठे मतलब डेढ़ काम करेंगे प्लाट से आ गए हैं और आगे जाएँ तो मैं खाना वगैरह खाएँगे थोड़ी देर से खाना खाएँगे और अभी तो अपन कुछ यूँ लग रहे हैं ये वाला अपने है और रिंग लाइट लगी हुई है चलते हैं हैं खाना खाने तो आपसे तो मैं सो के उठ चुका और और अभी प्लॉट अपने चलना है तो गाड़ी में के लेके मैं तो यहाँ क्या चल रहा है राज अभी पानी है ना छोटी साइकिल छोटी साइकल है तो देखो। हो? कैसे राज तो तो तो कैसे सो रही है निकाल कौन सा गाना गा रहा था, फिर जगा, फिर जगा। फिर जगा कौन सा था? अभी के मैं तो आज करते तो खाना उसके बाद फिर क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया हमको वीडियो एडिट करेंगे और आज के लॉक पर फोन तो आई होप ओपन दिस ब्लॉक हमजोन फॉर वाचिंग नेक्स्ट ब्लॉग में यह बाय बाय